यू मैम। मैम सर सर आप कैसे? बस बढ़िया है है। है सब ख़ैरियत तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका और हमारे सारे स्टूडेंट्स का भी आज के में जैसे कि आप सभी को पता है हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये आवर का और आज के व्याख्यान के लिए हैं डॉक्टर अंकित कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सागर से और सर आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक पर है वो अपना व्याख्यान देने वाले हैं और हम लोग बहुत ही लकी है कि अंकित सर को हम दोबारा सुनने का मौका मिल रहा है इसके पहले भी सर ने हमारे बच्चों के लिए व्याख्यान प्रस्तुत किए तो थैंक यू सो मच सर की आपका फिर से एक बार हमें लेक्चर सुनने मिलेगा और हमारे स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित होंगे तो, गवर्नमेंट तुलसी कॉलेज और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं और आपको आमंत्रित करती हूं सर कि आप अपना जो है व्याख्यान वो हमारे लिएने के लिए शुरू थैंक यू सो मच सर बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत मैडम इतने अच्छे शब्द कहने के लिए मेरे बारे में आ, सबसे पहले आप आपको आपके महाविद्यालय को, आप को विशेष तौर पे मैं अमित सर को आ, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी कुछ बात यहाँ पर रख सकूँ और जैसा कि अभी कुछ सभी को पता है परीक्षाओं का सीजन भी चल रहा है तो हम लोग जनरली परीक्षा करवाने में व्यस्त रहते हैं तो अकेडमिकली ये मौसम एक ऐसा होता है जिसमें अपने आप को बहुत सारे टीचर्स मरा हुआ सपाते हैं ठीक है तो मुझे पुनः इस गर्मी के मौसम में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, कल मतलब कुछ दिनों से मैं इसकी तैयारी कर रहा था लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ शुरुआत का कुछ समय तो सोचने में निकल गया कि क्या इसके ऊपर अच्छे से बात कर सकते हैं फिर उसके बाद मैंने आ, कुछ चीज़ें इसमें की है तो अब शुरू करते हैं मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका वीती मैडम अमित सर का और आपके महाविद्यालय की टीम और आपके महाविद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों को भी तो कैन आई शुड आई बिगिन मैम सर ऑफ कोर्स ओके ओके सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन इज इट विजबल इन द फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन में दिख रहा है ये जी जी जी ठीक हा hmm, जी so uh, आज का जो topic है sustainable development goals and its policy implications <coughs> में अगर बात की जाए तो आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है सतत विकास लक्ष्य एवं इसके बारे में चर्चा करके विद्यार्थी क्या जान पाएंगे और क्या कर पाएंगे तो मुझे ये बहुत प्रायिकता संभावना लगती है कि इस लेक्चर uh, को सुनने के बाद विद्यार्थी स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत आर्थिक विकास जो सतत विकास है उसके अर्थ और उसके महत्व को समझ पाएंगे विद्यार्थी दूसरा वो लिस्ट बना पाएंगे कि सस, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तीसरा स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट सस्टेनेबल गोल्स ये जो सतत आर्थिक विकास के जो लक्ष्य सतत विकास के जो लक्ष्य है उन सारे लक्ष्यों के बीच में कुछ कुछ इंटरलिंकेजेस है विद्यार्थी वो समझ पाएंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दीज गोल्स की इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या नीति या स्ट्रैटेजी बनाई गई और आखिर में जो सबसे जरूरी है अपने देश के बारे में in में में स्टूडेंट विल बी एबल टू द स्टेटस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया हिंदुस्तान भारत जो सतत विकास लक्ष्य की स्थिति को ये इन्फर कर पाएंगे उसके बारे में अपना निर्वचन कर पाएंगे तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें हिंदी में कहते हैं हम सतत आर्थिक विकास लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य माफ कीजिएगा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अर्थशास्त्र आर्थिक हर जगह जुड़ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हिंदी में कहते हैं सतत विकास लक्ष्य जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है दीज गोल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स जिसे पंद्रह दो पंद्रह में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को मुख्य रूप से गरीबी को समाप्त करने ग्रह की पृथ्वी की रक्षा करने और 2030 तक सभी लोगों को शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके मेन तीन एलिमेंट अगर हम बात करें तो मुख्य तीन एलिमेंट क्या है उद्देश्य क्या है जो ब्रॉड उद्देश्य है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का वो क्या है सबसे पहले तो गरीबी को समाप्त करना है ग्रह की रक्षा करना है और 2030 तक दुनिया के सारे लोगों को के लिए यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें एक शांति और समृद्धि रहने का माहौल मिले अब देख रहे होंगे अभी रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद है हमारा जो भारतीय मीडिया उसे तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी बता देता है अभी आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है ठीक है तो शांति तो है नहीं मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ होता रहता है भारत पाकिस्तान भारत चीन के बीच में भी कुछ विवाद चल रहा है अगर लोग ऐसे ही वॉर करते रहे झगड़ा करते रहे आपस में तो क्या शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि नहीं सुनिश्चित की जा सकती इस तरह के वॉर झगड़े चलते रहेंगे तो क्या पृथ्वी को हम बचा पाएंगे अभी वो रूस से अक्सर धमकियां आती रहती है कि परमाणु हमला हो जाएगा तो दुनिया के अन्य देश भी कहते हैं हम चुप नहीं रहेंगे तो इस तरह से युद्ध एक दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन बम परमाणु बम गिराने से क्या शांति समृद्धि आ पाएगी या प्लानिट की जो हमारी पृथ्वी है जो हमारा ग्रह है हमारी धरती उसको हम बचा पाएंगे लोग मरेंगे बच्चे यतीम हो जाएंगे अनाथ हो जाएंगे तो क्या गरीबी खत्म हो पाएगी बच्चे तो कमाते नहीं ना कमाने वाले उनके माँ बाप है जो कि मारे जाएंगे ठीक है तो ये एक बेसिक मैं पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य क्यों जरूरी है मेरा अपने जो विद्यार्थी जुड़े हैं थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा एक्टिव रहें अमित सर मैं ये पूछना चाह रहा था अपने टाइम की तो कोई बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं है ठीक है मतलब एक घंटे से थोड़ा ज्यादा चल जाए तो ठीक रहेगा सर थैंक यू सर अब क्या है ये सारी चीजें जो मैं बताने जा रहा हूँ ठीक है जो प्रेजेंटेशंस में आपको दिख रही है कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट पे लिख, में लिखी हुई मिल जाएगी यू की साइट पे मिल जाएगी विकीपीडिया लेकिन इस जो आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं उसका लक्ष्य मेरे ख्याल से समझ को विकसित करना और मेरा लक्ष्य यही है कि आपकी समझ विकसित हो इसके लिए मैंने कुछ टेस्ट भी बनाया है एक छोटा सा सात आठ प्रश्नों का ठीक है तो हम लोग बात करेंगे उसकी ठीक और अब मेरा आप लोगों से विद्यार्थियों से आ, ये निवेदन है कि हम लोग बातचीत करेंगे ठीक है समय की अपने को कोई समस्या नहीं है सर ने अलाउ कर ही दिया है ठीक है तो बातचीत करेंगे और बातचीत करते हुए ये प्रेजेंटेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो अब मेरे को सबसे पहले तो आप ये बता दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गोल्स का मतलब तो समझ में आ गया उद्देश्य या लक्ष्य ठीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या हिंदी में जिसको कहेंगे हम सतत विकास सतत विकास का मतलब क्या होता है कोई बता पाएगा विद्यार्थी जी सर सतत विकास जो निरंतर चलता रहे ऐसा विकास जो निरंतर चलता रहे ठीक है? है एक उत्तर आया और कोई बताए सर ऐसा विकास जो निरंतर की आवश्यकताओं के प्रति समझौता किए बगैर वर्तमान की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सके सतत विकास का है। गुड वेरी गुड एकदम एग्जैक्ट परिभाषा बोल दी थोड़ा समझाएंगे इन्होंने परिभाषा बोली है और परिभाषा भविष्य की क्या कहा आपने भविष्य की पीढ़ियों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर विकास है न ठीक है चलो कोई इन्होंने तो डेफिनेशन बता दी बहुत सही डेफिनेशन है अब आप में से कोई है ऐसा जो इसको थोड़ा सा समझा पाएगा विद्यार्थी मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं यह अपनी तरफ से और कुछ भी इसके बारे में कहना चाहते हैं तो बताए विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी महत्व देना होगा ये सतत विकास के अंतर्गत आता है सर चलो विकास के साथ साथ में पर्यावरण को भी महत्व देना होगा वेरी गुड ठीक है चलो तो वेरी गुड बहुत अच्छा रिस्पांस जनरली ऑनलाइन मीटिंग्स में इस तरह का रिस्पांस मिलता नहीं है सर मैं आपको बधाई दूंगा बहुत अच्छे विद्यार्थी है आपके मैम आपके कॉलेज के विद्यार्थी बहुत बढ़िया मतलब रिस्पॉन्स कर रहे है ये बहुत अच्छी बात है अब हम जैसा कि हमारे मित्र जिन्होंने ये परिभाषा बताई थी आप अपना नाम बताएंगे भविष्य की वाली हाँ जी हाँ, भी आपका नाम कुमार सर वेरी वेरी गुड दीपू कुमार और उनके पहले और उनके बाद में भी जो उन्होंने ये बात कही उनको भी बहुत बहुत मैं कहूंगा तारीफ करूंगा उनकी ठीक है तो जैसा की इन्होंने कहा कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता हूं जैसा कि टीपू के बाद में एक विद्यार्थी ने बताया कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके अपनी जरूरतों को पूरा करना अगर आज हम विकास के नाम पे अपने एनवायरमेंट को या पर्यावरण को या अपनी प्रकृति को बेहिसाब उसका दोहन करेंगे एक शब्द होता है यूज और एक होता है अब्यूज उपयोग करना और दुरुपयोग करना अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे उसे अब्यूज करेंगे तो हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उसके लिए हम कुछ नहीं बचा पाएंगे सत्रहवीं शताब्दी में अठारहवी शताब्दी की शुरुआत और सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक जो है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का औद्योगिक क्रांति का बीज बो दिया गया था और वो जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके जो अभिशाप हैं, वो जरूरी थी औद्योगिक क्रांति लेकिन उस औद्योगिक क्रांति में हमें ये समझ में नहीं आया जो देश इसमें लगे थे कि ये जो मास लेवल पे वो उत्पादन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं भविष्य में जाके अगली पीढ़ियों को नुकसान देगा और वो नुकसान हो रहा है आज आज के के समय समय में में उन देशों को जो कि विकासशील है या अल्प विकसित है तो जो उस समय जिन देशों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपना उद्योग बढ़, उद्योग बढ़ाया प्रोडक्शन बढ़ाया वो तो अब डेवलप होके विकसित होके बैठ गए हैं लेकिन उनके किए का नतीजा भुगतना पड़ रहा है किसको उन देशों को जहां पर की विकास की क्रिया अभी चालू है विकासशील देश है या अल्प विकसित देश रह गए हैं तो ये एक जो है समस्या है इसको प्रकृति को बचाने के साथ साथ में विकास को पूरा कर प्रश्न यह उठता है कि अब मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं क्या सतत आर्थिक विक, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ पर्यावरण के बारे में है क्या बताए प्रश्न मेरा समझे आपने बताया सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना जरूरत को पूरा करता है फिर उसके बाद हम तो बात की हमने अपने प्रकृति को अपने एनवायरमेंट को बचाना है तो क्या सतत विकास केवल सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाने के बारे में है या उससे कुछ और ज्यादा भी है बताए मतलब आप कोई उत्तर नहीं आया इसका मतलब आप ये समझते हैं हाँ सर पर्यावरण के अंतर्गत रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य के जो स्वच्छ जीवन जो होता है हाँ। उसको इसके लिए भी ये जरूरत है हाँ मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसमें जो मूल तत्व है वो क्या है पर्यावरण जानवरों को भी बचाना है पौधों को भी बचाना इंसानों को भी बचाना ठीक है है ना तो मूल तत्व इसका क्या है पर्यावरण पर्यावरण है या फिर पर्यावरण से पर्यावरण से आगे भी कुछ है पर। पर। क्या सर क्या सतत विकास केवल पर्यावरण को बचाने तक ही सीमित है या उससे अधिक भी कुछ है अब जैसे मैं एक आपको ये बात बताता हूं एक उदाहरण समझो जी विकसित जो विकसित राष्ट्र है ठीक है उदाहरण के लिए कौन से विकसित राष्ट्र है जो, अमेरिका फ्रांस जर्मनी ब्रिटेन ये विकसित राष्ट्र है और यही इन्हीं राष्ट्रों ने लड़ाई झगड़ा भी किया था सबसे ज्यादा ठीक है अब इनके आता है इनके यहां तो एनवायरनमेंट अच्छा हो गया जर्मनी में और अमेरिका में फ्रांस में इनके यहां पे प्रकृति बड़ी अच्छी है पल्यूशन कम है है ना दुनिया के सौ सबसे पल्यूटेड शहरों में भारत के साठ शहर आ रहे हैं अभी रीसेंट रिपोर्ट है आ, आ, सर अमित सर आ, अपने स्टेटस में हमेशा इनशॉर्ट के आ, क्लिप्स डालते रहते हैं इनशॉर्ट शॉर्ट ऐप के तो उसमें एक दिन पूरा का पूरा जो है ना मैगजीन आया था उसके ऊपर ठीक सर वो भी अपलोड किया था साठ शहर जो है सौ में से पल्यूटेड वो भारत के ठीक अमेरिका का कोई नहीं है अमेरिका जर्मनी इन देशों के शहर पॉल्यूटेड कंट्रीज में नहीं आ रहे तो वो तो अपना भविष्य बचा रहे हैं वो तो अपने पर्यावरण को बचा रहे ना ठीक लेकिन अब भारत है भारत की जरूरत है क्या विकास करना तो क्या भारत भी पर्यावरण को बचाने के लिए ही काम करे <coughs> फिर विकास कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम सतत विकास के बारे में बात करते हैं तो हम लोग पूरा जो कंसंट्रेशन है वो कर देते हैं कि ये पर्यावरण के बारे में है लेकिन ये एक गलत अवधारणा है सतत विकास केवल पर्यावरण के बारे में नहीं है जनरली जो लोग इसके पक्ष में दलील देते हैं पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो मूल तत्व इसका पर्यावरण ही कर देते हैं लेकिन नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का संबंध सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दे नहीं है बल्कि उससे कई अधिक है इसमें एक मजबूत स्वस्थ न्याय संगत समाज का आश्वासन भी शामिल है इसमें मौजूदा और भविष्य के समुदाय में सभी व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना व्यक्तिगत कल्याण सामाजिक सामंजस्य और समावेश को बढ़ावा देना है और समान अवसर को स्थापित करना है अब होता क्या है मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ये विकसित देश चाहते हैं कि जो अर्ध विकसित, अल्प विकसित या विकासशील देश हैं, वे पर्यावरण को बचाने का जिम्मा उठाएं। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास हो जाता है कि आपने पहले पर्यावरण को खराब कर दिया पहली चीज दूसरी चीज आपने पर्यावरण को खराब किया उसकी सजा उन देशों को मिल रही है जो देश अभी विकास करना प्रारंभ किए हैं आप उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो ये अपने आप में एक निर्दा है कि केवल पर्यावरण को बचाना है लेकिन अगर जब हम पूरा जो विक, जो विकासशील देश है पर्यावरण को ही बचाने में लग जाएंगे तो वो अपनी विकास की जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे आपका समाज न्याय संगत है आपके यहां आर्थिक समानता है लेकिन अन्य देश जो विकासशील है अभी वो न्याय संगत भी नहीं है वहां पे आर्थिक असमानता भी है वहां पे समावेशी विकास नहीं है और वहां पे सामंजस्य सामाजिक की भी सामाजिक सामंजस्य की भी कमी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं या उसको परिभाषित करते हैं तो पर्यावरण जरूर इसके मूल में है लेकिन ये उससे कहीं अधिक है इसमें एक स्वस्थ समाज की संरचना की बात भी है समावेशन की बात भी है समानता की बात भी है तो अब हम ये एक ग्राफ है इसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं <coughs> मैं इस ग्राफ में आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में मैं पेन का यूज कर लेता हूं पेन के पेन यहां पर सबसे पहला ग्राफ आप ये देखो राइट साइड में जिस पर राइट लगाया है यहां पर क्या है एनवायरमेंट मूल में है आधार है फिर है समाज फिर है अर्थव्यवस्था अच्छा पर्यावरण अच्छा समाज बनाएगा और अच्छा समाज अच्छी अर्थव्यवस्था और यहां पर देखिए एक ग्राफ है सस्टेनेबिलिटी मतलब धारणीय विकास या सतत विकास उसके तीन पिलर है सामाजिक पर्यावरणीय और आर्थिक एक गलतफहमी जो हमेशा हो जाती है वो ये हो जाती है सब लोग यही समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी या सतत सस्टेनेबिलिटी के तीन आधार स्तंभ है पहला है सामाजिक दूसरा है पर्यावरणीय और तीसरा है आर्थिक अब एक तीसरा इसका जो है रेखा चित्रीय प्रदर्शन देखें आप यहां पे देखेंगे आप तीन गोले ये जहां पे मैंने जिस ग्राफ में राइट लगाया है यहां पर एक जो सर्कल है एक गोला बताता है पर्यावरण को एक गोला बताता है अर्थव्यवस्था को और तीसरा गोला जो बताता है वो समाज को बताता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा आता है सबनेबल डेवलपमेंट आता है उस स्थान पर जहां ये तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं मतलब काटते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां होता है सतत विकास कहां हो रहा है सतत विकास हो रहा है उस बिंदु पर जहां पर की प्रकृति अर्थशास्त्र और समाज ये तीनों आकर मिलते हैं अगर इन तीनों में से किसी एक भी तत्व को आपने हटा दिया तो फिर वो सस्टेनेबल या सतत विकास नहीं होगा तो यहां पर एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है मेरा मेरी उम्मीद है कि आप सब इसको याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या सतत विकास का जो मूल बिंदु है वो क्या है ऐसा बिंदु वह बिंदु जहां पर की प्रकृति अर्थशास्त्र और समाज तीनों आकर मिलते हैं इन तीनों के बीच में सामंजस्य बिठाना ऐसा विकास ऐसी स्थिति जहां पे कि आप प्रकृति को बचा रहे हो जहां पर आप प्रकृति को बचा रहे हो लेकिन लोग बेरोजगार हैं ऐसा समाज जहां पर आप प्रकृति को इन्वायरमेंट को बचा रहे हो लेकिन लोगों के लोग गरीब हैं, जहां पर कुछ लोग प्रकृति को आप बचा रहे हो लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन कुछ लोग बहुत गरीब है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा सतत विकास नहीं होगा सतत विकास वहा होगा जब आपने प्रकृति को बचाया है समाज के सभी लोगों को समान अवसर मिले हैं उस स्थिति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास होगा यहां तक किसी को कोई समस्या या कोई प्रश्न है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्लियर हुआ ठीक inter... कोई बताएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है अब बताइए स्लाइड्स मैंने बहुत ज्यादा रख, नहीं रखी है चर्चा मैं ज्यादा करना चाहता हूं चलिए बताइए किस बिंदु पर सतत विकास होगा यह सतत विकास में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? 1987 की जो बाइट्रांड रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट उन्नीस में उसने एक मूल दिया था बस उसके आगे सतत विकास में की परिभाषा में बहुत सारी वृद्धियां हुई हैं और जो एक फाइनल डेफिनेशन अभी के समय में बनकर आती है वो इस इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को देखकर आप समझ सकते हैं तो बताएं क्या है बताइए नहीं आया समझ में क्या समस्या है आसान तो है सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना उससे देखो मेरा पॉइंट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के बारे में मैं बहुत प्रश्न भी पूछता हूँ बच्चों की कॉपियां भी चेक करता हूँ बच्चों से चर्चा भी होती है कई जगह पर एक्सपर्ट से भी चर्चा होती है तो वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सतत विकास है उसके मूल में केवल एक चीज आ जाती है प्रकृति बचाओ प्रकृति बचाओ प्रकृति बचाओ ठीक है अब एनवायरमेंट को बचाना है पर्यावरण को बचाना है क्लाइमेट चेंज से लड़ना है वो एक सच्चाई है ठीक है लेकिन ऐसा ना हो कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए अपने कुछ लोगों को गरीब कर दो अब जैसे भारतीय समाज है भारतीय समाज में असमानता है हमें असमानता को दूर करना है पर आप इसको पर्यावरण को बचाने के लिए एक ऐसी नीति लेके आ गए जिसमें कि कुछ लोग बेटर ऑफ हो जाएंगे बेहतर हो जाएंगे और कुछ लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आपने पैरेटियन पर, ऑप्टिमिलिटी पढ़ा है ना पेरेटो पर, का ऑप्टीमिटी सिद्धांत उसमें क्या होता हाँ। है तो अच्छा जी जी ठीक है मैं छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं बड़ा ही क्रांतिकारी जो है वो एक सिद्धांत है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण कहाँ पर होगा अधिकतम सामाजिक कल्याण वहां पर होगा सोशल वेलफेयर वहां पर होगा जहां पर कि कुछ लोगों को बेहतर करने के लिए कुछ लोगों को खराब ना करना पड़े टू मेक समवन बेटर ऑफ नो वन शुड बी मेड वर्स ऑफ मतलब कुछ लोगों को बेहतर स्थितियां देने के लिए बेहतर माहौल देने के लिए ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमें कुछ लोगों का माहौल खराब करना पड़े ठीक तो सस्टेनेबिलिटी या सतत विकास में हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए एनवायरमेंट को प्रकृति को पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं हम ऐसी नीति ना बना दे जिसमें कि कुछ लोगों का सामाजिक और आर्थिक हनन हो जाए और कुछ लोगों का सामाजिक फायदा और आर्थिक फायदा हो जाए मतलब ऐसी कोई नीति न बन जाए जिसकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान हो जाए अभी जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं एक उदाहरण बताता हूं विजय केलकर और अजय शाह की है आदा... आर्ट एंड साइंस इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिटी पॉलिसी मेकिंग ठीक है नीति निर्माण की कला एवं विज्ञान ठीक तो उसमें वो लिखते हैं कि अगर आपको अच्छी नीति बनाना है ठीक तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए सबसे पहले चाहिए जरूरी आपको कि आपका उद्देश्य अच्छा हो पर्यावरण बचाना है यह अच्छा उद्देश्य है बुरा उद्देश्य है? अच्छा उद्देश्य जवाब दीजिए अच्छा उद्देश्य है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो नीति बनाने के लिए क्या होगा ये पर्यावरण बचाना है अच्छा उद्देश्य है तो intention good होना चाहिए दूसरा जो point है नीति बना रहे हैं पहली चीज हमारे पास होना चाहिए कि इंटेंशन अच्छा होना चाहिए उद्देश्य अच्छा होना चाहिए पर्यावरण बनाना एक अच्छा उद्देश्य है दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए अब आपको नीति बनानी है तो सबसे पहले होना चाहिए आपको नॉलेज क्या होना चाहिए नॉलेज नॉलेज मतलब ज्ञान बिना ज्ञान के कुछ संभव है नहीं है नहीं बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है नहीं। इंटेंशन अच्छा हो उद्देश्य अच्छा दूसरी चीज क्या अच्छी नॉलेज अच्छा हो ठीक है ज्ञान सही हो तीसरी चीज फिर ज्ञान के बाद आ जाती इंफॉर्मेशन अच्छी हो जानकारी ज्ञान और जानकारी के बीच में अंतर पता है किसी को ज्ञान ज्या... ज्यान और जानकारी के बीच में अंतर बता सकता है कोई मालूम। मतलब। ठीक तो ज्ञान ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को विस्तृत रूप से समझते हैं लेकिन जानकारी का मतलब क्या हुआ कि यथास्थिति उस समय पे उस समय काल परिस्थिति में क्या चल रहा है वो कहलाएगी जानकारी ठीक तो सबसे पहले अच्छा इंटेंशन फिर होना चाहिए नॉलेज फिर होना चाहिए जानकारी और आखिरी में आता है संसाधन बिना संसाधनों के कुछ नहीं हो पाएगा तो अच्छी नीति बनाने के लिए चार चीजें चाहिए सबसे पहले चीज जरूरत है किस चीज की सबसे पहली जरूरत है अच्छे इरादे की फिर जरूरत है ज्ञान की फिर ज़रूरत है जानकारी की और आखिरी में जरूरत है संसाधन की अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज नहीं है आपके पास में तो अच्छी नीति नहीं बन पाएगी तो वो एक उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना था तो वहां की सरकार ने क्या किया था ऑड इवन सम विषम का फॉर्मूला लेके आई थी बड़ा फेमस हुआ था कि हफ्ते में कुछ दिन केवल सम अंकों वाली गाड़ी चलेगी और कुछ दिन विषम अंकों वाली गाड़ियां चलेगी ठीक है अल्टरनेट ऑर्ड नंबर और इवन नंबर वाली तो आप मुझे बताइए ये नीति कैसी थी उद्देश्य क्या था नीति का कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है बंद करना है दिल्ली में क्या करना है प्रदूषण को खत्म करना है तो सरकार ने क्या बोला कि हम एक दिन केवल लोगों का अपनी गाड़ी से आवागमन कम करवाने के लिए क्या करेंगे एक दिन केवल ऑड नंबर वाली गाड़ी चलवाएंगे और एक दिन केवल इवन नंबर वाली गाड़ी चलवाएंगे ठीक तो अब हुआ क्या क्या ये अच्छी नीति थी या नहीं गाड़ियों की संख्या सड़क पर चलना कम हो गया उद्देश्य अच्छा था या नहीं था इस नीति का अच्छा सर, सर उद्देश्य हाँ आपकी आवाज नहीं आई ठीक से बताइए जो नंबर वाली गाड़ी और इवन नंबर वाली गाड़ी इन दोनों में क्या अंतर रहता है इसमें क्या अंतर रहता है ये पूछना चाह रहे हो जो नंबर प्लेट होती है ना नंबर प्लेट के आखिरी का अंक आखिरी के जो अंक है वो सम है या विषम है ठीक है उसके आधार पर ठीक तो अगर एक दिन केवल सम अंकों वाली गाड़ी चल रही है ठीक तो विषम अंकों वाली गाड़ियां नहीं चलेगी इसका मतलब क्या हुआ सम अंकों वाली गाड़ी चल रही है विषम अंकों वाली नहीं मतलब विषम अंकों वाली गाड़ियों की संख्या कम हो गई तो उससे धुआं कम निकलेगा तो पोल्यूशन कम होगा ना प्रदूषण कम होगा आधी गाड़ियां सड़क से हट जाएगी तो तो बताओ इरादा अच्छा था इस नीति का इरादा क्या था पल्यूशन को कम करना दूसरी चीज क्या थी पल्यूशन को कम करना तो इरादा था उसके बाद में क्या हुआ दूसरा नॉलेज कि हा धुआं कम जाएगा ठीक अब यहां पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर उनको नॉलेज भी है ज्ञान भी है कि भाई कार्बन का एमिशन कम होगा तो पल्यूशन प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा धुआं कम निकलेगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा सिंपल सी बात है नॉलेज भी था अब तीसरा फैक्टर आता है जानकारी थी या नहीं तो जानकारी एक्सपर्ट्स ने ये बताया सरकार का इरादा अच्छा था कि प्रदूषण कम करना है सरकार को नॉलेज भी था कि भाई क्या करना है कार्बन का एमिशन कम करना है धुआं कम निकलेगा तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कम होगी लेकिन अब जानकारी जानकारी यह थी कि दिल्ली के प्रदूषण का मात्र दो प्रतिशत गाड़ियों से हो रहा है कितना मात्र दो प्रतिशत केवल गाड़ियों से हो रहा है मतलब यहां जानकारी का अभाव था जानकारी का अभाव नीति फेल हो गई क्यों फेल हो गई आपने ये ऑड इवन ऑड इवन करवाया लेकिन प्रदूषण तो कम हुआ ही नहीं एक परसेंट भी कम नहीं हुआ प्रदूषण क्यों कारण उसके पीछे ये था कि जानकारी का अभाव था दिल्ली के प्रदूषण की मुख्य वजहों में से क्या थी सबसे पहला इंडस्ट्रियल उसके बाद में कचरा जलाना उसके बाद में जो पराली से पोल्यूशन हो रहा था वो ठीक गाड़ी उसका जो सड़क पे पर्सनल व्हीकल्स थे वो कोई बड़ा कारण नहीं था तो इसलिए वो नीति क्या हो गई फेल हो गई थी? तो अच्छी नीति बनाने के लिए हमें इरादा ज्ञान जानकारी और संसाधन चारों चीजें चाहिए अब पता चला गवर्नमेंट ने कोई ऐसी नीति बना दी जिसकी वजह से कि मुंबई में मान लो कुछ लोग रहने वाले हैं उनके लिए जीवन बड़ा अच्छा हो गया उनको ताजी आबोहवा मिल रही है लेकिन कुछ लोग उसकी वजह से बेरोजगार हो गए उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है कोई ऐसी नीति बन गई तो क्या इसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहोगे सतत विकास कहोगे कि कुछ लोग को बहुत आबो, अच्छी आबो हवा मिल रही है और कुछ लोग भूखे हैं अच्छी आबो हवा दे दो अच्छा पर्यावरण दे दो पर खाना मत दो तो क्या सतत विकास होगा मेरा प्रश्न है आपसे होगा क्या? नहीं होगा नहीं अच्छी हाँ वेरी गुड तो अच्छी आप चलो ठीक है खाने को भी मिल रहा है ठीक अच्छा आपको पर्यावरण भी मिल रहा है अच्छा खाने को भी मिल रहा है अच्छी नौकरी भी कर रहे हो लेकिन समाज में आप कुछ लोगों से निचले स्तर के हो आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो क्या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहोगे सतत विकास कहोगे नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहोगे भाई अच्छा खाने को मिल रहा अच्छी नौकरी है अच्छा पर्यावरण है क्योंकि सर सर इसमें स्थिति सही नहीं है सर। समाज का जो हाँ हा, समाज का जो जोरिटी होती है सर समानता जो समानता नहीं है, है।, है।, है very good. तो ठीक है वेरी गुड ठीक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये तीनों चीजें शामिल है कि भाई अच्छी आबो हवा भी हो अच्छा खाने को भी मिले अच्छा रोजगार मिले साथ ही साथ में समाज में सभी लोग समानता से रहे ठीक है <coughs> दुबई में जैसे सऊदी अरेबिया में बड़ा अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत लोगों के पास पैसा है ठीक है लेकिन मजदूरों की स्थिति खराब है बधुआ मजदूरी जैसा काम होता है महिलाओं को अभी थोड़े दिन पहले वहां पे साइकिल चलाने की परमिशन ड्राइव करने की परमिशन मिली है तो क्या वहां का विकास सस्टेनेबल विकास है क्या सतत विकास है क्या नहीं है ना ठीक तो यहाँ पे एक जो मिस इन्फॉर्मेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाता है वो ये हो जाता है कि भाई केवल एनवायरमेंट नहीं एनवायरमेंट के साथ में अच्छा अर्थशास्त्र अच्छी आर्थिक स्थिति और अच्छी सामाजिक स्थिति भी शामिल है थोड़ा ज्यादा समय ले लिया इसमें लेकिन मेरा ये पॉइंट क्लियर करना मुझे उचित लग रहा था। अब वापस हम आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर तो बहुत सिंपल सी भाषा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये सत्रह उद्देश्य है जो की आपस में जुड़े हुए ठीक सत्रह उद्देश्य है जो आपस में जुड़े हुए हैं और ये लोगों के और ग्रह की शांति के लिए और समृद्धि के लिए एक ब्लूप्रिंट है जिसे 2030 तक अचीव करना है ठीक तो इसमें मुख्य बातें जब लोग इसको समराइज करते हैं तो क्या करते हैं जब इसको समराइज करते हैं टू एंड पॉवर्टी टू एंड हंगर टू एंड एड्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स गरीबी को खत्म करना भूख को खत्म करना एड्स को खत्म करना औरतों के प्रति भेदभाव को खत्म करना भारत में आ जाओ तो जाति को भी खत्म करना ठीक ये है अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझो सन 2000 में जब नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत हुई थी आ, तो उसे कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 में समाप्त हो गए इसमें आठ उद्देश्य थे मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए उसके पहले क्या था ये पॉइंट ध्यान रखना ठीक जो सतत विकास आया सतत सतत विकास लक्ष्य आए 2015 में आए उसके पहले क्या थे सन 2000 से 2015 तक का एक लक्ष्य रखा गया था जिसमें लक्ष्य था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया जाएगा अति गरीबी को अभी क्या है गरीबी को खत्म करना उस समय उद्देश्य क्या था अति गरीबी को खत्म करना और उसमें आठ उद्देश्य थे 2015 में वो समाप्त हो गए लेकिन फिर जरूरत लगी कि अभी इसको और आगे बढ़ाने की वो सक्सेसफुल उतने नहीं हो पाए उसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई तो फिर इसको नई तरीके से किया गया नई तरीके से इसकी शुरुआत की गई और वो कहलाए क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे 2030 तक अचीव करना है और इसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है एजेंडा 2030 ये देखो ये हरे वाले और पीले रंग से मैंने जो इसको हाईलाइट किया हुआ है ये ध्यान रखो अभी आपको प्रश्न के जवाब देने में काम में आएंगे तो अब ये देखो ये सत्रह गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सत्रह सबसे पहले नो पॉवर्टी सबसे पहला क्या है नो पॉवर्टी पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म करना है <coughs> 2030 तक पूरी दुनिया से गरीबी को खत्म करना है ठीक दूसरा उद्देश्य क्या है जीरो हंगर भूख को खत्म करना है अब गरीबी नहीं होगी तो सीधी सी बात है भूख भी नहीं होगी इंटरलिंकेज दोनों में समझ में आया है? दोनों आपस में कनेक्टेड है भूख और गरीबी आपस में संबंध है हमने पहले बोला था कि सत्रह उद्देश्य है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहला उद्देश्य क्या हो गया नो no पॉवर्टी मतलब गरीबी नहीं होनी दूसरा उद्देश्य क्या है जीरो हंगर तो वन जस्ट मिनट हाँ ठीक ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है गरीबी नहीं तो हंगर नहीं भूख नहीं अब भाई भूख नहीं होगी तो अच्छी हेल्थ होगी ठीक सबसे बड़ी समस्या जब हम हेल्थ की बात करते हैं जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम लेते हैं माल न्यूट्रिशन का कुपोषण का जब गरीबी नहीं होगी भूख नहीं होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी एक ये इंटरनेट इंटरकनेक्टेड है अब क्वालिटी एजुकेशन एक बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन क्या है ये बड़ा जो है ना एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इसको बड़े आ, आ, आ, एक अच्छे ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है क्या किसी ने जी सर कौन था ओसामा बिन लादेन आतंकवादी आतंकवादी बगदादी का नाम सुना है फर्स्ट नेम में उसका भूल गया आईएसआईएस का प्रमुख, बगदाद, बगदादी, बगदादी, बगदादी नहीं बगदादी ठीक है तो ओसामा बिन लादेन क्या था ओसामा बिन लादेन बहुत रईस परिवार से था पढ़ा लिखा था केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी उसने लेकिन बना आदि आ क्या आतंकवादी बगदादी की बात करें तो बगदादी क्या था बगदादी क्या था वो आई एस आई एस का वो भी आतंकवादी था लेकिन वो फिलोसफी दर्शन जैसा विषय है उसमें उसने पीएचडी की हुई थी हिटलर को जानते हो जी सर इतिहास पढ़ाओ हिटलर ने क्या किया आत्महत्या कर आत्महत्या की थी क्यों की थी सर, उसने। अपने कुकर्मों के चक्कर में की थी ना आत्महत्या जी सर भारत में बहुत लोग बहुत लोग उसको हीरो बताते हैं, लेकिन वो हीरो नहीं था उसने मासूम यहूदियों को पांच लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था क्यों उतार दिया क्योंकि वो यहूदी थे मतलब ये किसी को मारने का कारण हो सकता है क्या? कि तुम तुम हो इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा पढ़ा लिखा आदमी था उसकी पूरी उसमें गैस चैम्बर बनाया था जो क्या करता था गैस चैम्बर बनाता था गैस चैम्बर में लोगों को डालता था को और बटन चालू कर देते थे उसके लोग तो गैस चैम्बर जिसने बनाया वो तो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना जी इंजीनियर होगा ठीक है तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का क्या काम दुनिया में ये क्वालिटी एजुकेशन उनको मिला क्या ठीक तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करना जो लोगों को बेहतर इंसान बनाए बेहतर मानव बनाए फिर क्वालिटी एजुकेशन अभी जैसे मैं अपने विद्यार्थियों में बहुत सारे देखता हूं मात्रा की बहुत बड़ी छोटी मोटी गलती हो तो चलो ठीक है हो जाता है हिंदी भाषा में आपने बारवीं पढ़ी हुई है लेकिन मात्राओं की बड़ी गलती करते हो भाषा ज्ञान तक समस्या अच्छा अक्षर में समस्या आ रही है। कॉपिया जांचते हैं हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है पढ़कर तो क्या यह क्वालिटी एजुकेशन है छ का पहाड़ा बताने में आपको पांच मिनट लग जाते हैं ठीक है मुझे भी तेरह के आगे पहाड़े ठीक से नहीं आते लेकिन मैं हल कर लेता हूं ठीक तो क्या ये क्वालिटी एजुकेशन है नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करना आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो पढ़े लिखे बेरोजगार बनेंगे एक तो खराब आदमी बनेगा हिटलर जैसे लादेन जैसे बगदादी जैसे एक और दूसरा चलो बुरा आदमी नहीं बना तो बुरा वर्कर बन सकता है रोजगार नहीं मिलेगा भाई पढ़ाई का पहला उद्देश्य अच्छा आदमी बनना दूसरा उद्देश्य क्या पैसा कमाना अच्छा अब पैसा कैसे आएगा अच्छा आदमी है तो अच्छे तरीके से ही कमाएगा लेकिन अच्छा आदमी है लेकिन उसको काम करते नहीं आता तो पैसे कमा पाएगा अच्छा रोजगार आ पाएगा उसके पास अच्छा रोजगार नहीं आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा गरीब हो जाएगा ना तो ये देखो वापिस से ये देखो फर्स्ट वाला कनेक्टेड है किससे फोर्थ से ठीक अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो क्या होगा वो फिर गरीब हो जाएगा <coughs> और खराब आदमी है तो गरीबी बढ़ाएगा जेंडर इक्वेलिटी अब ये देखो एक और यहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला तो वो व्यक्ति क्या करेगा जेंडर इन इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है लैंगिक Leng, समानता क्या वो औरतों की इज्जत करेगा कर, जिस व्यक्ति का शिक्षा खराब है ठीक है जिस व्यक्ति की शिक्षा खराब है क्या वो महिलाओं की रिस्पेक्ट करेगा नहीं।, नहीं करेगा नहीं करेगा ना नहीं सर ठीक है ना एजुकेबल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन की अच्छा एजुकेशन जिसके पास नहीं है एजुकेशन वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ में घूम रहे हैं लेकिन क्या उनका एजुकेशन अच्छा अगर उनका एजुकेशन अच्छा तो वो महिलाओं की इज्जत करेगा अभी एक नया मूवमेंट निकल के सामने आया है फेमुनिस्ट मूवमेंट अच्छा मूवमेंट शुरुआत में था लेकिन अब वो फेमुनिज्म फेमुनिस्ट मूवमेंट की जगह फेमेनाजी मूवमेंट हो गया तो वो औरतें आदमियों की इज्जत नहीं करती है तो क्या उनका एजुकेशन अच्छा है अच्छा है फेमुनिस्ट कौन बनता पढ़े लिखे लोग बनते हैं ठीक है लेकिन जिस तरह का फेमनिज्म अभी आ रहा है कि जो पुरुष है उसको बेइज्जत करो तो क्या वो फेमनिज्म सही है वो क्या क्वालिटी एजुकेशन से आए हैं जेंडर इक्वालिटी का मतलब यह हुआ महिलाओं को समान अवसर ट्रांसजेंडर्स की क्या कोई इज्जत करेगा अभी एक तीसरा कंसेप्ट और जुड़ रहा है ट्रांसजेंडर्स ठीक एल एल जी बी एल जीबीटी क्यू के बारे में जानते हैं आप लोग नहीं सर एल जी बी टी क्यू का मतलब होता है एल से लेसबियन जी से गे B से सेक्जुअल टी से ट्रांससेक्सुअल और क्यू से क्यूर ऐसे लोग हैं हमारे यहां पे बहुत बड़ा डिस्कशन अभी चल रहा है तीन चार दिन पहले की न्यूज है ठीक है क्या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ठीक तो जेंडर इक्वालिटी में ये सब कुछ शामिल है हम लोग एक एलिमेंट उसका देखते हैं वुमन राइट्स वुमन चाइल्ड एक वुमन राइट्स एक अपनी जगह पर हमारी सच्चाई है कि हमारे यहाँ नहीं है वुमन एजुकेशन नहीं है उसके साथ में जो बड़ा इसका जो नजरिया है क्या हम हमारे ट्रांस पीपल के जिन्हें हम किन्नर कहते हैं उनके साथ रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं नहीं रखते तो यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है उसमें ये जेंडर इक्वालिटी का भी पॉइंट जुड़ा हुआ है अगला क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन साफ जल एवं शौच की व्यवस्था सैनिटेशन ठीक आप अनूपपुर के आसपास रहते हैं मुझे बताइए क्या आपके यहाँ पे ऐसा पानी आता है वो एरिया है वहाँ पे मेरे काफी दोस्त हैं अनूपपुर राजनगर मनेन्द्रगढ़ ठीक इस तरफ के आप बताइए क्या वहां पे प्राकृतिक रूप से ऐसा पानी मिल जाता है आपको आसानी से जो कि आप बिना फिल्टर किए पी सकते हैं मतलब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मैं गलत भी हो सकता हूँ आप बताएं वहा रहते हैं ना आप अनूपपुर के आसपास मैं यहाँ पर रह, रह रहा हूँ सागर में सागर के पास में नरियावली में, में मेरी पोस्टिंग है वहां पे पानी की क्वालिटी बहुत खराब है लोगों को टाइफाइड और पीलिया की बहुत समस्या हो रही है और वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है वहा नौ फिट के ऊपर खुदाई पर भी पानी नहीं मिल रहा तो भी एक समस्या बहुत बड़ी है सैनिटेशन खुले में शौच करने वालों की संख्या भी है मेरे कॉलेज के पास ही एक पहाड़ी है जहां पर लोग खुले में शौच करने जाते हैं हमने एनएसएस के माध्यम से उसके प्रति जागरूकता का भी बहुत काम किया है लेकिन यह हमारी सच्चाई है बहुत सारे गांवों की यह सच्चाई अभी भी बनी हुई है थीक? तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक एलिमेंट यह भी है सबसे जरूरी एलिमेंट्स में से एक है कि स्वच्छ पानी हो और साफ सफाई हो लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था हो अफोर्ड अब यहां पर बात आती है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल मतलब जिस जो खरीदा जा सके इतने हमारे पास पैसे हो किफायती किफायती और साफ ऊर्जा किफायती और साफ ऊर्जा का मतलब क्या हुआ ऐसी ऊर्जा जिससे कि प्रदूषण नहीं हो रहा है और वो हमारे को मिल भी जाए ठीक मैं इससे मैं बहुत रिलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरा जहां पर एजुकेशन हुआ है दसवीं कक्षा था। अः बैतूल जिले में एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी है सारनी वहां सतपुड़ा थर्मल प्लांट है बिजली बनती है वहां पे ठीक है तो वहां से चिमनियों से जब धुआं ऊपर जाता है और कई बार ऐसा होता है कि चिमनियों का फिल्टर खराब होता है तो धुए के साथ साथ में राख भी टपकती है आप गाड़ी से निकले हो आप जब घर पर आके अपना चेहरा पोषते हो तो आपका रुमाल आपका टॉविल मैला हो जाता है ठीक है ठीक तो क्या इस तरह की बिजली जिससे कि हम लोगों को स्वास्थ्य नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तो हमें अफोर्डेबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी की भी आवश्यकता है और उसी के तहत बेहतर जीवन के लिए ये सातवां गोल आठवां गोल डिसेंट काम की स्थिति अच्छी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारे यहाँ पे मेला उठाने वाले हम लोग ये कहते हैं कि मैनुअल एक्सकेवेंजिंग बंद हो चुकी है लोग बड़े चाव से बोलते हैं भारत ने बड़ी ग्रोथ की है और मैनुअल एक्सकेवेंजिंग बंद हो चुकी है मतलब सिर पर मेला ढूंढना लेकिन आप उस व्यक्ति का क्या करोगे जो कि बिना किसी सुरक्षा सामान के बिना किसी अपने पैंट शर्ट उतारता है और अंडरवे बनियान में, में जाता है गटर वर्क कर रहा है वो नहीं कर रहा तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा जब ये आठवा गोल भी पूरा होगा साफ सफाई साफ के लिए कैसी इस व्यवस्था हो मशीनों से साफ सफाई हो सकती है ना ठीक सुरक्षा हमारे मजदूर दुनिया में सबसे असुरक्षित मजदूर भारत के आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी निकल के देख लीजिए कल अभी तो शाम को बंद हो गया होगा निकल के देखिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे सुरक्षा के कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं होते जबकि ये गैर कानूनी है भारत में इसके लिए प्रावधान है तो अच्छी वर्क कंडीशन देना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सस् पार्ट है और ये एक लक्ष्य है इंडस्ट्री हो इनोवेशन हो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का विकास हो इन असमानता कम हो शहर ऐसे ग्यारहवा उद्देश्य शहर ऐसे बने कम्युनिटीज ऐसे बने जो कि सतत विकास को प्रमोट करें न कि कूड़े का डब्बा बन जाए हमारे शहर कूड़े का डब्बा बनते जा रहे हैं क्योंकि लोग शहर में आते जा रहे हैं काम मिल नहीं रहा है और स्लम के रूप में रह रहे हैं इसमें गलती उनकी नहीं है गलती है नीति निर्धारकों की फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन भारत की एक और बात सुन ले आप दुनिया के सबसे बड़े एडल्ट्रेटेड फूड का मार्केट है हम एडल्ट्रेटेड फूड मतलब खराब क्वालिटी का भोजन आप जिसे सोयाबीन ऑयल समझ के या सरसों ऑयल समझ के खा रहे हैं पता चला वो पाम ऑयल है तो अच्छा कंजम्पशन और अच्छा प्रोडक्शन ये भी एक सतत विकास का लक्ष्य है क्लाइमेट एक्शन अभी जोशीमठ का किस्सा तो सबको पता ही है कितो को नहीं पता कितनों ने नहीं सुना जोशीमठ का किस्सा हिमालय में एक गांव है जोशीमठ, तीर्थ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है वहां पे लैंडस्लाइड हो रहा पूरा शहर ढहने की कगार पर है और उसके पीछे का क्या मतलब क्या कारण है अनाप शनाप प्रकृति विरोधी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कि प्रकृति को बचाकर किया जा सकता है इकोलॉजिकल इको कंस्ट्रक्शंस भी आज के समय पर होते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता सड़कें बनानी है जंगल काट कर गोंडोलाज और रोप का नाम शायद हम लेने से ही डर जाते हैं जबकि ज्यादा सस्टेनेबल है वो और कम लागत में हो भी जाते हैं और ज्यादा सुरक्षित भी है जान और माल का अगर कोई घटना हुई तो भी उसमें जान और माल का कम नुकसान होगा बहुत सारी रिसर्चर्स ये कहती है क्लाइमेट एक्शन जरूरी है जल के नीचे की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है बहुत सारे लोग भारत एक प्रायद्वीप है जो तीन और से समुद्र से घिरा हुआ है दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्रीज वाले देशों में से हम एक है समुद्री सीमा वाले देशों में से एक है हम वहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन समंदर से चलता है लेकिन ये देखने में आ रहा है ओवर फिशिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्राकृतिक समस्याए वहां पर आनी शुरू हो गई है लाइफ ऑन लैंड पेड़ पौधे जंगल खत्म होते जा रहे हैं प्रजातियां जानवरों की पक्षियों की विलुप्त होते जा रही हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या ये फूड चेन की समस्या खड़ी कर देगी भविष्य में खाद्य श्रृंखला के बारे में आप पढ़िएगा बचपन में पढ़ा होगा एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा उसको अब आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो गई होगी तो और बेहतर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे खाद्य श्रृंखला में डिस्टर्बेंस प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है पूरी मानव सभ्यता के लिए इसको आप देख रहे हैं लगातार कि जानवरों और मानवों का आपसी इंटरेक्शन जंगली जानवरों और मानवों का बढ़ते जा रहा है आए दिन कोई ना कोई न्यूज सुनते होंगे कि चीता शेर चीता तो अभी आए हैं तेंदुआ शेर ये सब शहर में घुस जाते हैं अक्सर ये आए दिन की न्यूज हो गई जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं तो ये सब जीते छोटे छोटे प्रतीक है डिस्टर्बेंस के पहले इतना डिस्टर्बेंस नहीं था वो आपके क्षेत्र में नहीं जाते थे आप उनके क्षेत्र में नहीं जाते थे पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन शांति न्याय और मजबूत संस्थानों की बहुत जरूरत है ऐसा ना हो कि विश्वविद्यालय के कुलपति ऐसे लोगों को बना दिया जाए जिन्हें अकेडमिक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बन जाता है तो फिर उस विश्वविद्यालय का वहां के एजुकेशन का मालिक ईश्वर ही होगा संस्थान ऐसे हो जो बिना किसी पक्षपात के फैसले करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आखिरी उद्देश्य आखिरी गोल पार्टनरशिप फॉर गोल्स कोई भी देश अकेले ये नहीं कर सकता ये जो सोला गोल्स है ना कोई भी देश अकेले नहीं अचीव कर सकता तो जरूरी यह है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो आपस में एक दूसरे से संबंध अच्छे हो लेकिन हम अभी उस मुहाने पर खड़े हैं इतिहास के जहां पर कि फिर से युद्ध की गर्माहट जारी है तो ये सत्रह गोल्स है इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले कहीं ना कहीं आपको काम जरूर आएंगे कैसे करना है तो ये यहां पर है तीन चीजें मुख्य रूप से डिजिटाइजेशन से बहुत फायदा मिला है कोविड हुआ था कोविड के समय पर पढ़ाई लिखाई तो हुई ना ठीक हो सकता है उसमें कुछ कमी जरूर रह गई हो लेकिन पराई लिखाई काम पूरी तरह से बंद नहीं हुए तो डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ी तकनीक है लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस तकनीक को ओवर यूज करके उसको महत्व को कम कर दें स्ट्रेटेजिक इनोवेशन करने हैं स्ट्रैटेजिक इनोवेशन के माध्यम से ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए जो कि प्रकृति को भी बचाए और लोगों के अधिकारों का उनकी जरूरतों का भी हनन ना हो विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाएं बहुत सारी संस्थाएं हैं यूएन है वर्ल्ड बैंक है वर्ल्ड बैंक का तो उद्देश्य ही है इरेडिकेट पॉवर्टी गरीबी का उन्मूलन तो इस माध्यम से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोल्यूशन ड्रिवन बाइ कंट्री प्रायोरिटी हर देश की अपनी प्राथमिकता होती है जैसे सऊदी अरब विकसित देश है लेकिन वहां की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए महिलाओं के अधिकार भारत एक विकासशील देश है लेकिन भारत में जो सामाजिक न्याय है वो एक प्राथमिकता होनी चाहिए अच्छा रोजगार प्राथमिकता होनी चाहिए ठीक तो ये जो है यूएनडीपी ने प्रपोज किया है कि इस तरह से ग्लोबल पब्लिक गुड्स पब्लिक गुड्स क्या होते हैं पता है ना सार्वजनिक वस्तुएं हवा सुरक्षा क्या है सार्वजनिक वस्तुएं हैं तो ऐसी वैश्विक कुछ वस्तुएं सार्वजनिक हो फ्री होनी चाहिए पूरी दुनिया अब भारत की बात कर लेते हैं भारत ने एच डीजी इंडेक्स का निर्माण किया है जिसमें सत्रह में से तेरह जो उद्देश्य है उन्होंने को माना है बारहवा तेरहवा चौदहवा और सत्रहवा छोड़कर बारहवा क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन इसको अभी भारत ने गोल नहीं माना है ठीक है क्योंकि अभी तो कंजम्पन बढ़ाना ही एक उद्देश्य है फिर बारहवा तेरहवा क्लाइमेट एक्शन अभी भारत की जरूरतें ऐसी है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट करना है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की आय को बढ़ाना इसलिए क्लाइमेट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा लेकिन जल्द ही सरकार इसे बदल सकती है क्योंकि जोशी मठ और केदारनाथ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है चौदहवा इसके लाइफ बिलो वॉटर समुद्री जीवो के बारे में अभी हमारी सरकार उतनी इसको प्रायोरिटी में प्राथमिकता में नहीं रखी है और सत्रहवा ग्लोबल कॉपोरेशन की बात अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं हो रही है लेकिन आर्थिक विकास के लिए जरूर किए जा रही है। के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए सत्रह तो में से तेरह ऑब्जेक्टिव को अपनाया है बारह तेरह चौदह और सत्रह लक्ष्यों को छोड़कर यह है नीति आयोग ने इसके लिए बनाया है क्या करना है नीति आयोग एजेंसी है जिन्होंने बासठ जो है प्राथमिक सूचकांक माने हैं और ये किसके साथ में कंसल्ट किसके कंसल्टेशन में काम कर रहा है मोस्पी सबको पता है मोस्पी क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ठीक सांख्यिकी मंत्रालय सांख्यिकी मंत्रालय की ही संस्था सीएसओ क्या करती है कोई बताएगा सीएसओ क्या करती है प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है इकोनॉमिक्स वालों को तो पता ही होना चाहिए सीएसओ का मुख्य काम क्या है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बताइए अड़तीस मिनिस्ट्री छत्तीस राज्य की सरकार है मोस्पी का काम कोई बताएगा सीएसओ देश की जीडीपी का कैलकुलेशन करता है साल भर उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो घूमते रहते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं तो इन्हीं के डेटा के मदद से सरकार जो है भारत की वो ये समय समय पर इवेल्युएट करेगी कि कहां पर काम अच्छा हुआ है और किस उद्देश्य पर काम ठीक नहीं हुआ है तो इन्होंने राज्यों के साथ में मिलकर ये विश्लेषण करना प्रारंभ किया है इसकी मैं यहाँ पे नीचे साइट दी हुई है ठीक ये साइट के ऊपर मैं आपको एक बार ले जाके दिखाता हूँ ये देखिए ये मैंने साइट नीति आयोग की साइट है ये देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एस डी इंडिया इंडेक्स इसके बारे में पूरी जानकारी दी है ये अमिताभ कांत जी है फोटो दिख रही है आपको स्टूडेंट्स बोर हो गए ठीक ये अमिताभ अमिताभ कांत जी है ये राजीव कुमार जी है ठीक ये देखिए ये यहीं से मैंने रेफरेंस लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं अभी मैं इसको बड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसको डिस्कशन करेंगे हम तो पूरा एक चैप्टर लगेगा लेकिन तमिलनाडु एन कहानाडु और पुडुचेरी के लिए पॉवर्टी को पूरी तरह इरेडिकेट करने का लक्ष्य रखा गया तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ हंगर गोवा और दिल्ली वो स्टेट्स है जहां पे कि पैसा अच्छा है गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है तो वहां पर ये लिखा गया कि यहाँ पर क्या करें हंगर को पूरी तरह से समाप्त करें तो यहाँ पे काम गुड ठीक हेल्थ केरला और पुडुचेरी सबसे अच्छे हेल्थ इंडिकेटर्स इन राज्यों में हैं ठीक एजुकेशन केरल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य में वहां पे 93 परसेंट एजुकेशन है मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ पर ओवर 90 वहां पे लिटरेसी रेट है इक्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल सिक्किम अंडबान तो ये पूरे इंडिकेटर है आप समय समय पर ये साइट विजिट करते रहे तो इसके बारे में आपको पता चलेगा की ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसकी क्या स्थिति है सस्टेनेबल सिटीज में गोवा और अंडमान निकोबार परफॉर्मर है तो यह यहां से आप चेक कर सकते हैं ठीक अब ये मैंने एक छोटा सा टेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए एक अब मुझे पता हो सकता कुछ लोगों को नींद भी आ रही हो ठीक लेकिन ये थोड़ा सा पंद्रह से बीस मिनट का अपना काम और रहेगा ये टेस्ट तो आप दो मिनट में क्लियर कर लोगे ठीक है सात क्वेश्चन है अभी जो मैंने बताया उसी से ये मैंने चैट बॉक्स में डाला है क्वेश्चन ये लिंक ठीक इस लिंक को खोलो और जवाब दीजिए आप सर मैं एक मिनट का ब्रेक ले सकता हूं सर सर सर जी से, जी से। से। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके इनसे लिंक भरवा दीजिए है ना तो मुझे उत्तर पता चल जाएंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है और इसमें कोई पास या फेल के मार्क्स नहीं है ठीक मार्क्स का कंसेप्ट रखा ही नहीं है ठीक है सभी जवाब दीजिए मैं पढ़ रहा हूँ फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है क्योंकि अभी तक एक भी रिस्पांस रिसीव नहीं हुआ है मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि इसमें किसी भी तरह का नंबर मैं अपना जो है मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है मैं वो भी बंद कर लेता हूं ताकि आपके नंबर किसी को पता ना आपके नंबर नहीं आपके जवाब किसी को पता ना चले क्योंकि प्रोवेसी भी अपने आप में एक इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निजता मैं आपकी निजता का ख्याल रखते हुए किसी के जवाब पब्लिकली नहीं दिखाऊंगा कोई समस्या हो रही है रिस्पांस करने में तो समस्या है या तो ये हो सकता है कि सब लोग मीटिंग ऑन रख के भाग गए हों हा ये संभव है अनवी साहू आप हैं मीटिंग में दीपू, दीपू मीटिंग में है सो सम है अंकिता नहीं सर नहीं सर बाहर रही हाँ, बो आ जी, आ जी जी जी हाँ। और सही है मुरगेंद्र हां जी आज जी फांस ना जी से समझ ज लो किस माया हो गया जी सर जी सर हां और सही जो भाई है ये दे रहे अच्छी हो ये अच्छी बात है अच्छा अच्छा हां जी है के सामने तो फिर में सवाल भाई, अभी दो रिस्पांस आए हैं केवल और मैंने जानबूझ के इसमें एमसीक्यू नहीं रखा है क्योंकि मेमोरी तो आपकी ताजा ही है आ, वही समस्या है, <laughs> है कि आप लिखते हो इबारत के तौर पर तो वो आपको जल्दी याद भी रह जाता है हाँ ज्यादा समय तक हाँ निश्चित विद्यार्थी विद्यार्थी बहुत से से से ध्यान सुने और उसे जो है है इस समय सबसे समस्या जिसने समाप्ति देना जी सर तो, तो आजकल वो लिखते भी है तो पेपर तो में वो व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखते हैं आ, ये बहुत बड़ी समस्या है हम्म चलिए मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैंने कुछ लेक्चर ज्यादा लंबा कर दिया होगा अले, अले। हाँ सर हमने सबमिट कर दिया है हाँ ठीक है दीपू कुमार और मृगेंद्र ने केवर्स सबमिट किया है ठीक हाँ एक, एक मिनट का समय हम और लेते हैं उसके बाद में कंटिन्यू कर लेंगे मुझे पता है सर को भी कुछ काम होंगे एक तो चलिए तो अपन चर्चा कर लेते हैं सीधे है पहला प्रश्न क्या है संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों द्वारा सतत आर्थिक विकास के लक्ष्यों को कब अपनाया गया ठीक तो उसका उत्तर है 2015 हजार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कितने लक्ष्य है सत्रह भारत ने कितने अडॉप्ट किए हैं तेरह चार छोड़ दिए हैं कौन से संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तो मैंने कहा था आपसे ये जो ग्रीन और येलो लाइन मैंने हाईलाइट की हुई इसको ध्यान दो वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ठीक भारत की एस में रैंकिंग क्या है भारत की एच में यानी मानव विकास सूचकांक में एक रैंक है 2022 <coughs> में ग्लोबल हंडर इंडेक्स में कितनी है एक 121 देशों में एक नंबर पे हम हैं। ठीक लैंगिक समानता सूचकांक में हम 122वें नंबर पर है 190 देशों में है ना तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारी जो रैंक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अब जैसे एच तो एच में एजुकेशन भी शामिल है एच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शामिल है मतलब वो हेल्थ का इंडिकेटर हो गया प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है मतलब ये गोल्स जो हैं हमारे अचीव नहीं हो पा रहे ठीक फिर उसके बाद में जेंडर इनिक्वालिटी में 122वें दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में है मतलब हमारे यहाँ महिलाओं की जो है उतनी नहीं है शास्त्रों में है संस्कृति में है लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं है नहीं तो वो इंडेक्स में दिख जाती ठीक अब कोई ये कह सकता है कि यहाँ इंडेक्स खराब है तो फिर वो उसकी समस्या है ठीक हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से भी पीछे हैं जबकि पाकिस्तान में तो मंदी चल रही है बांग्लादेश हमसे आगे निकलता जा रहा हर चीज में आय में आगे जीवन प्रत्याशा में आगे <coughs> रोजगार में आगे एजुकेशन में आगे तो ये जो है हमको जरूरी है कि हम इन बातों का ध्यान रखें अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मैं कुछ लाया था ठीक आप लोगों के लिए अः ये बक्सवाहा कुछ हुआ था ये मैं बताना चाह रहा था लेकिन अभी समय नहीं है ठीक है विद्यार्थी बोर भी हो गए हैं मेरे को लगता है छोड़ के चले गए हैं ऑनलाइन मीटिंग का यही सबसे बड़ा एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है और आखिरी में ये दो तीन विद्यार्थी जुड़े हैं ये फोटो देखिएगा आपने बड़ी फेमस फोटो की है ये अभी कौन है ये कौन कांतरा। है कांतारा कुंज कांतारा का किरदार है देव जंगल के राजा कांतारा फिल्म जरूर देखना ठीक बक्सवाहा सागर के पास एक जगह है वहां पे पेड़ जंगल है घना जंगल ये इतना सुंदर जंगल आपको दिख रहा है ना ठीक है बक्सवाहा का जंगल है वहां पे हीरे की खदान निकली है तो इससे जुड़े कुछ बातचीत में करना चाहता था दोनों परस्पेक्टिव से ठीक है लेकिन अभी अब आ, कभी और मौका मिलेगा है? सर इसको कंटिन्यू करने का अगर हो तो आप मेरे को बताइएगा ठीक है? तो, है।, है तो ठीक है तो उसमें क्या सर योलो ग्रीन जो हाई किए थे हाँ साहब हाँ। साहब याद है। तो जी हम, है थे थे। याद जी जी सर सर तो वही सो है हो गया सर ठीक है है ना आख में मैं कहूंगा कंतारा फिल्म जिसने नहीं देखी हो तो वो जरूर देखें ठीक है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बहुत ही अच्छी रिसर्च करके बनाई गई है ठीक उसमें इंटरैक्शन बताया गया है प्रकृति सरकार विज्ञान और विश्वास के मध्य ठीक है तो ये आपको बहुत देखनी चाहिए इसमें समस्या बताई गई है और समस्या का आखिरी में छोटा सा हल भी बताया गया है और मनोरंजन की अपने आप में वैल्यू तो है ही है ठीक है इसी के साथ में मैं, मैं यहीं से अपना ये एक लेक्चर जो सर ने मुझे मौका दिया मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समय भी ऐसा था कि मैंने ज्यादा समय ले लिया ठीक है विद्यार्थियों को तो छोड़ के भी गए बहुत लेकिन वो कोई ये जो है एक समस्या है ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ठीक है ख़ासतौर पे जब आप आराम करने के समय पे क्लास करते हो तो ठीक है तो आ, इसी के साथ में मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद दूंगा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे समस्त महाविद्यालय को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप अगली बार जब कभी भी मुझे मौका देंगे तो मैं आपके समक्ष हमेशा हाजिर रहूंगा थैंक यू सो मच सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनता बहुत ज्यादा समझ नहीं, नहीं, नहीं। <क्याँ़> से जो जैसयाम था वह इस विषय पर था ए सतत दिशा से आ है सतत दिशास लक्ष्य कौन कौन से है और उन सतत दिशा लक्ष्यों में से भारत ने कौन कौन से लक्ष्य अपनाया है और साथ में इन लक्ष्यों से बसमान में से आप दसा है इस संदर्भ में जो अमृत सर ने नू से सही है ये आयम ने हम यह समझ रहे थे कि सतत लिशासमान तीही से और सप्ताह से समझौता सीधे देना भविष्य से तीस से और सप्ताव सौ बनाए रखना सतत विशाल से लेकिन अमृत सर ने उसने फसार किया और उन्होंने यह बताया है सतत दिशा से उस बिंदु से पूजा होता है जहाँ से हमारे आर्थिक अभिशाय सामाजिक सदिशाय और पर्यावरणीय अधिस तीनों आशे आपस में मिल जाते हैं अपने दिन दाम ने देखा होगा सामाजिक आर्थिक पर्यावरण तो पर्यावरण से आधे दिशा है सतत दिशा पर्यावरण नहीं हमारे हमारे नहीं हमारे नहीं नहीं तो सतत तो तो है आपने देखा होगा कि ये हैं इस है से सभी समाप्त से सभी दूसरा अच्छा रक्षा आपने, दूस है। मतलब आपने ए, है। है। देखा होगा मतलब संसार में है देखा होगा ये एजुकेशन है सबसे गुणवत्ता में शिक्षा दिया जाए सबसे स्वास्थ्य बढ़िया हो मानव दरिमा का ध्यान रखा जाए संस्थानों में शांति अर्थव्यवस्था में शांति हो समृद्धि हो साथ में न्याय हो, तो होने तो तो तो तो हैं, हैं से सीधा संबंध हमारे होता है हमारे पास स्थानीय अनाज नहीं होता, तो हम उसे सफल नहीं कर सकते आर्थिक अभ्यार और पर्यावरण जब तीनों इस बिंदु से मिल आते हैं तो उसे हम कहते हैं है। उन सतह हमेशा से हमा हमा। से से हमारे मुझे भी याद नहीं था अभी नहीं सुन रहा था और मुझे हमेशा से याद हो गया दया से हमारे हमारा सत्यामा भारत ने नहीं अपनाया है ते अलक्ष और फिर सर ने अपने देशान ने, ने यह बताए कि वर्तमान समय में सतत सततों की भारत ने क्या स्थिति है अपने देशा नीति आयोग है जो सतत विशास लक्ष्यों का मन करता है अन्य संस्थाओं जैसे कि सीएसओ सी सहयोग से तो अमृत सर आपके देशांश से तो तो मैं स्वयं वैभित सुहा मैं स्वयं बहुत सारी चीजों से सीखा तो इससे लिए अपने विद्यार्थियों के तरफ से अवश्य ये ऑनलाइन में समस्या है लेकिन सर भौतिक शिक्षाओं में भी यही समस्या है विद्यार्थी वहाँ भी आप देखिए घंटे दो घंटे से शिक्षा होगा तो पचास में से अंत आते आते पंद्रह बीस ही तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जो ऑनलाइन से फॉर्म है वह इस मुआवज़ा देता है और इस विद्यार्थी यदि हमारे माध्यम से सीखता है तो यह हम सबकी योगदान है तो मैं विद्यार्थियों की तरफ से विभाग की तरफ से महाविद्यालय की तरफ से और दशीरा शास्त्र से मैं आपसे हूँ ये अपने परीक्षा के समय में इतना इतने से आपने अपना से प्रस्तुत किया तो so आलसी समय में आपने ये जो है एकेडमिक रूप से आलसी होते हैं इस समय हम लोग और उस समय पे आपने जो है ये मौका मुझे दिया तो एक नई ऊर्जा का प्रसार मुझ में हुआ है Thank you so much sir. Thanks <laughs> sir.